जय श्री शायद दोस्तों अपनी कलकी गेम में तिरासी सीधे सीधे ब्लास्ट है तो आज भी गेम 101 परसेंट ब्लास्ट होएगी तो आज की ओर गेम सिंगल रहेगी बेहतर सेवेंटी और अपनी मेन जोड़ी में रहेगी उनतीस सैतालीस सन्तानवे 30 और 35 और अपनी सपोर्ट में रहेंगी जो दोस्तों अस्सी पचासी दस पंद्रह और साठ अपनी ब्लास्ट में रहेंगी दोस्तों पैंसठ बारह सत्रह छब्बीस और छिहत्तर और पकड़ जोड़ी रहेगी दोस्तों अपनी जो दो दिन तक पकड़ के चलना है पकड़ जोड़ी रहेगी अपनी बीस पच्चीस सत्तर पचहत्तर और चौबीस पकड़ के चलाएँ दोस्तों इनको और अब करते दोस्तों अपने हरूफ की बात हरूफ में रहेगा अपना तीके का और अट्ठे का हरूफ रहेगा तीया और अट्ठा जोड़ी दोस्तों हंड्रेड एंड वन परसेंट प्लास्ट होंगी हंड्रेड एंड वन प्लस वन परसेंट और ये अंदर भार है दोस्तों अंदर भार है सौ परसेंट जोड़ी ब्लास्ट हुई दोस्तों सौ परसेंट जोड़ी ब्लास्ट होगी गेम ठोक के लगाना और अपने ऑनलाइन खाई वाले का नंबर भी इसमें ऐड किया हुआ मैंने किसी भाई ने अगर पर्चा देना हो या ऑनलाइन गेम लगानी हो तो अपने ऑनलाइन खाईवाल से व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारे डिटेल ले सकता है कोई भी भाई तो अपने ऑनलाइन खाईवाल का नंबर है आठ सौ साठ सात सौ व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हो आप जय श्री सां दोस्तों